कैसे बताऊँ मैं दिल की है यार जो कैसी है बेबसी तुझसे मैं क्या कहूँ जज्बात जो मेरे दिल की पनाहों में कैसे रखे ये कोई जाने जान के अब से करार है मेरा जो तू इश्क का नजराना मेरे साए से जो जुड़ा है तू ये इश्क का नजराना कि तुझको को जो पारिया मिट्टी इश्क का नजराना मेरे हर दिन की तू सुभा बनी इश्क का नजराना